बीएस लाइव प्रेजेंट और भक्त लोग मां अम्बे ने कई अरदास करी और कई के मन लाग जावे होरम ता पधारो मारे को अंगणे खेड़ा खूठ धरीयानी हरी रंग रो मारे आंगने कर घड़ी आनी खड़ी गानी मारी आंगने धरो माने आंगने खेड़ा कुछ दनिया चोखेड़ा खुटियाड़ी नबरा का अब चोखेड़ा खुटदनिया नबरा समय मेरा अब चोखेड़ा कीराणी कड़ी गाली करा मन वारी तो बसड़ा की रानी कड़ी गाली करा मन वारी तो बसड़ा की रानी दूर खेड़ Lulu Stop the like car, don't.